कहानी की शुरुआत में हम विल नाम की एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपरहीरोज़ और कमांडर का बेटा है। शुरुआत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपरहीरो ही बनेगा आज विल का स्कूल में पहला दिन था और ये कोई मामूली स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरो तैयार करता है विल के जाने ऐसी पहले उसके पिता को मेयर का कॉल आया जिसके बाद विल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लेला ने टी ऑन किया जहां न्यूज पर दिखाया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से जलवा भी सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके ऐसी तो ये एक मामूली बस है लेकिन थोड़ी देर बाद एक रैम ऐसी कूदने के बाद वो बस एकदम ऐसी रॉकेट में बदल गयी और स्काई हाईक की तरफ उड़ने लगी जो की बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरो नए बच्चे एक हैरान थे क्योंकि यह कोई आम स्कूल नहीं था यहां सबके पास कोई ना कोई शक्ति जरूर थी जैसे आंखों से लेजर छोड़ना किसी को बर्फ में जमा देना और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे पर हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर थे इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू किया लेकिन तभी वहां स्टूडेंट प्रेजिडेंट ग्वेन पहुँच गयी जिसने उन लड़कों ऐसी उन्हें बचाया ग्वेन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटिया बजने लगी जिसे देख लैला को बड़ी जलन हुई नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरी उसमें बांटा जाएगा एक ग्रुप होगा असली सुपरहीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले चंगू बंगू सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियाँ दिखाई और जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था उसने टीचर के कान में बताया की बारे में नहीं पता लेकिन टीचर ने सोचा की ये तो शक्तिमान और सुपरमैन की औलाद है इसके पास पावर कहा से नहीं है उसे लगा की वो मजाक कर रहा है और उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी बेचारे विल ने तेजी ऐसी जमीन आरोप लेट अपनी जान और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे चंगु मंगु वाले ग्रुप में डाल दिया चंगूमंगू वही बच्चे थे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरो चांस ये भी है की शायद उसके अंदर कभी शक्तियाँ आए ही ना कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था घर वापस आने आरोप अपने पिता को सच बताने की कोशिश की दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोल आया था कि उसके पास भी उनकी तरह बेशुमार ताकत है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके पिता उसे एक सीक्रेट लैब में लेकर गए जहां विल के माँ बाप ने अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते इनाम रखे थे ये देखकर कि उनके पिता को एक ताकतवर सुपर हीरोमान है वो अपने पिता को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया इसके बाद हमने देखा की जिस रोबोट के सर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ लाया था उसके अंदर एक कैमरा मौजूद था जिसकी मदद ऐसी दो लोग कहीं दूर बैठ विल उसके पिता को देख रहे थे अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस जोरों से शुरू हो गई। विल अब धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपनी चंगू मंगू क्लास में उसकी बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छी जमने लगी थी एक रात विल और उसके दोस्त उसके घर पर पढ़ाई कर रहे थे जब उसके पिता घर पहुँचे जिन्हें देख सभी बच्चे बहुत खुश हुए कमांडर को अभी तक लग रहा था की विल सुपर हीरो वाली क्लास में है लेकिन उसके दोस्तों की शक्तियाँ देख वो एकदम ऐसी समझ गए की ये सारे तो चंगू मंगू गैंग वाले ही होंगे कमांडर ने विल से कहा देखो बेटा ये चंगूम्गु गैंग के साथ फिरना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कभी तो अपने दोस्तों से नहीं छिपा पाएगा तो उसने हिम्मत करके दिमाग ही फट गया वो कहने लगा वो टीचर जिसने तेरा टेस्ट लिया ना वो चिड़ता होगा सारा मेरे से तभी मेरे बच्चे को उसने चंगू मंगू क्लासमेट आना है तू टेंशन मत ले बेटा तेरा चाचा हल्के ना मैं उसे फोन करता हूँ वो सारा स्कूल ही तोड़ देगा इनकी की टांग जब वो गुस्से में कॉल करने के लिए फोन उठा रहा था तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता उसने तीन चार बार कोशिश की लेकिन हर बार ही फोन नहीं है सुपर पावर है ही नहीं और आज तक वो उसके पिता को झूठ बोलता आया था ये सुनकर उसके पिता ने उसे भरोसा दिलाया की एक न एक दिन उसके पास भी उसकी शक्तियाँ आ ही जाएंगी अगले दिन स्कूल में उन्ही बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी विल ने बीच में आकर उसे बचा लिया दरअसल उसके पापा मम्मी के डर से कोई उससे ज्यादा पंगे नहीं लेता था बैग बहुत तगड़ी है भाई की लेकिन इस बार बदला लेने के लिए उन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से विल को नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से उसका खाना वारन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया वारन के पिता कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे थे और इत्तेफाक से विल के पिता कमांडर ने ही उसे जेल में पहुँचाया था विल की इस हरकत ऐसी गुस्सा होकर वारन ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया और उधर बेचारा विल उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था विल एक शिकार की तरह दुम दबा टेबल्स के नीचे ऐसी भाग रहा था और वॉरन एक शिकारी की तरह ऊपर से आग के गोले दाग रहा था इसी बीच खतरे के बावजूद उठा कर दूर फेंक दिया और कुछ इसी तरह उसके शरीर में उसकी शक्तियाँ जाग गई वॉरन ने फिर से खड़ा होकर विल की तरफ आने की कोशिश की लेकिन उसने फायर एक्सटिंग वारन की तरफ खोल दिया और तभी वहाँ स्कूल की टपक पड़ी और दोनों को पकड़ लिया घर पहुंचने पर विल के बताओ उसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसी खुशी में उसे तोहफे में एक, एक उम्मीद है अगले दिन स्कूल में विल को चंगू मंगू वाली क्लास से असली सुपर हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया अपनी पहली क्लास में उसे ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी लेकिन विल को अपने बाप की तरह दमदार मुख ठोकने लावा और कुछ नहीं आता था तो ग्वेन ने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था जिन्होंने उसके पुराने दोस्त यानी चंगु मंगु गैंग को साथ बैठाने से मना कर दिया लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहा और ये सब देखकर लैला बहुत नाराज हो गई उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ उसके सबसे मन पसंदीदा रेस्तो चलने का वादा किया और कहा की आज शाम को ही मिलते तभी उसे पता चला की कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं ये सुनकर विल उन्हें बचाने के लिए पहुंचा जहां उसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला कोशी में, तो को को में जाने से पहले बचाना होगा वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में एक टीम उस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम उन्हें ऐसा करने ऐसी रोकेगी विल और फॉरन दोनों एक ही टीम में थे शुरुआत में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए फिर उसने एक विलन को पकड़कर कर रस्सी से बांध दिया उधर दूसरी तरफ वॉरन बाकी विलन पर आग के गोले फेंक रहा था और उसने विल से पुतले को बचाने के लिए कहा देख कर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वारेन को ही पुतले की तरफ फेंक दिया जहाँ वॉरन ने उसे पकड़ सही समय पर बचा लिया सभी ने विल के लिए तालियां बजाई घर पहुँचने पर विल ने देखा की ग्वेन उससे पहले ही उसके घर में थी जहाँ सबने साथ बैठकर खाना खाया और ग्वेन ने उसके माँ बाप को होमकमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया उधर विल भैया के साथ घर पे मस्ती मार रहे थे और अपनी लैला अकेले ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रही काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर उसके पास आया जो कोई और नहीं बल्कि वारेन था इसके बाद उन्होंने साथ बैठ बातें की और एक दूसरे को जाना आखिर में वारन ने लैला को होम पार्टी में आने को कहा जिस पर उसने हाँ कर दी अगले दिन विल लेला को बस स्टॉप पर मिला जहाँ वो गुस्सा होने की बजाय उससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी पर उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वो ग्वेन के साथ डांस पर जाने वाला है बेचारी लैला ये सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगा लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया बस में लैला ने विल को जलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वारन के साथ जाएगी और बैठ गई और उससे साफ साफ कह दिया की वो दोनों पार्टी में साथ जाएंगे ठीक है वारन भी जानता था की ये बात विल को पसंद नहीं आएगी इसीलिए उसने खुशी खुशी हाँ कर दी उस दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी रखी जहाँ वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में लेकर गया जहाँ उन दोनों ने बार एक दूसरे को किस किया तभी हमने देखा कि पीछे से एक बहुत ही हाईटेक गन चोरी हो गई उधर लैला भी इतफाक से उस पार्टी में पहुंच गई लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया लेकिन जैसे ही विल को इस बारे में पता चला तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे सुपर डुपर हीरो दोस्तों को वहां से कर दिया। विल ने लैला से माफी मांगने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज किए लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसने उसे मिलने के लिए उनके मन रेस्टोरेंट में भी बुलाया लेकिन वो आई ही नहीं होमकमिंग पार्टी की रात विल उसी सीक्रेट रूम में बैठा था जब उसके माता पिता ने उसे अपनी एक किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गए उनके जाने के बाद विल ने उस किताब को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक विलन की शक्ल से मिलती थी जिसके बाद उसने देखा कि उसके पिता इस विलन को खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरो बच्चों में बदल दिया उसके बाकी सारे दोस्त भी उसका पूरा साथ दे रहे थे उन्होंने सभी सुपर हीरो बंद कर दिया लेकिन वॉरन और चंगू बंगू पाइप में छुककर बच गए वे स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी इसके बाद वॉरन ने चंगो मंगू गैंग के साथ मिलकर गोवेन के दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा उधर गोयेन ने बेबी कमांडर को पकड़ा हुआ था उसने बताया कि वो उसके मां बाप की क्लास में ही थी लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसी की गन से उसे छोटी बच्ची बना दिया था और अब वो इन सब बच्चों को पाल गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया आरोप राज कर सके लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो न तभी विल वहां पहुंच गया पर ग्वेन ने उसे पकड़कर कई दीवार तोड़ते हुए मारा दूसरी ओर हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है वो बस अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहती थी चंगूमंगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया पर तभी उन्हें पता चला कि ग्वेन ने स्कूल के उस सिस्टम को ही बंद कर दिया है जिसकी वजह ऐसी वो हवा में उड़ता था अब वो स्कूल बड़ी तेजी ऐसी नीचे की ओर गिर रहा था सभी दोस्त मिलकर उस सिस्टम को ठीक करने में लग गए उधर लड़ाई में ग्वेन ने विल को स्कूल ऐसी ही बाहर फेंक दिया जिसके बाद विल को पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है विल दूसरी खिड़की से वापस आया और अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रोक नहीं पा रहा था बिल्कुल समय पर उसके चंगू मंगू दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और स्कूल धीरे धीरे वापस अपनी जगह आरोप जाने लगा इसके बाद सभी सुपर हीरोबारा ठीक कर दिया गया और सभी हीरो समझ गए कि चंगू मंगुओं की मदद के बिना वो सब कुछ भी नहीं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में